पुनः स्वागत तो हम ओपन सिस्टम्स की एक दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं आइए मैं प्रॉब्लम पढ़कर सुनाता हूँ स्टीम एक स्टीम टर्बाइन के नोजल से अंदर जाती है 5 एम पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ 40 बार के प्रेशर पर और 6,000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर नोजल के निकास पर प्रेशर और टेम्परेचर वैल्यूज वन बार टू डिग्री सेल्सियस नापी गई तो आपको एग्जिट वेलोसिटी पता करनी है एंट्रोपी प्रोडक्शन रेट यदि स्टीम का फ्लो रेट 1.5 पॉइंट पर सेकंड है और नोजल की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी तो आइए शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि पार्ट ए काफी सरल है आपको केवल फर्स्ट लॉ के लिए ओपन सिस्टम इक्वेशन लिखनी है और इसे सिंप्लीफाई करना है और वो सारे सिंप्लीफिकेशन जो हमने एक नोजल के विचार विमर्श के दौरान किए यहाँ लागू होते हैं तो हम क्या करते हैं हम मानते हैं कि नोजल एडियाबैटिक है इसलिए Q.0 है ज़रूरी तौर पर वर्क ट्रांसफर आउट 0 है हम कहते हैं कि यह पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव नग्न है और अंत में यह केवल एक बैलेंस है H में अंतर और कैनेटिक एनर्जी में अंतर के बीच तो आइए इसे फिर से लिखें देखें कि यह कैसे रहता है हम ओपन सिस्टम्स और स्टेडी स्टेट के लिए फर्स्ट लॉ को लिखते हैं वही हमारा एजम्पन है तो हमें मिलता है Q डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट एस बराबर है एम डॉट एच ई माइनस एच आई के प्लस के ई में अंतर प्लस पोटेंशियल एनर्जी में अंतर इसे जीरो माना गया है या आइडियाबैटिक है यहाँ कोई वर्क ट्रांसफर नहीं है आप मानिए कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव नग्न है और अब इस m डॉट का इस इक्वेशन में कोई महत्व नहीं है हमें मिलेगा एच ई प्लस वी ई स्क्वाड बाई टू इज इक्वल टू एच आई प्लस वी आई स्क्वायर्ड जरूरी तौर पर आप गौर करेंगे कि इनलेट वेलोसिटी vi दी गई है और यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आप इसको नग्न भी मान सकते थे वास्तव में मैं चाहूंगा कि आप वह एक्सरसाइज करें हम यहाँ इसे लेते हैं और एच को स्टीम टेबल्स से पढ़ सकते हैं क्योंकि कंडीशंस दी गई हैं। यह है 40 बार या 4 मेगापास्कल और 600 डिग्री सेल्सियस तो इसे यहां से पढ़ सकते हैं यह है 3674.9 सिक्स सेवन किलोजूल पर के जी क्या है वह है वन बार पर या यह है 0.1 मेगापास्कल और 200 डिग्री सेल्सियस तो यह भी यहां से पढ़ा जा सकता है तो आप पाएंगे कि आपके पास यह क्वांटिटी है और यह है H Vi आई बाय बाई टू आप इसे नग्न मान सकते हैं या इसे ऐसे ही ले सकते हैं और आपको याद रखना चाहिए H के लिए किलोजूल पर केजी को जूल पर केजी में बदलना है इस तरह आपके पास सारी क्वांटिटीज हैं सिवाय वी ई स्क्वाय बाई के और वह अब कैलकुलेट कर सकते हैं आप वीई स्क्वायर बाई टू कैलकुलेट कर सकते हैं या मानते हुए कि वी आई जीरो है या वेलोसिटी बहुत कम है जो दी गई है आपको केवल एक नग्न अंतर मिलेगा संभवतः पहले और दूसरे डेसिमल प्लेस पर तो ऐसा ही कुछ आपको करना चाहिए हम अगला पार्ट लेते हैं जो एंट्रॉपी प्रोडक्शन रेट के बारे में है और आप पाएंगे कि यह एक स्टेडी स्टेट सिस्टम है जिसका Q.0 माना गया है और आपको वास्तव में यह मिलेगा एम डॉट एस बराबर है एस तो SE को सिस्टम टेबल से पढ़ा जा सकता है यह होगा 7.8356 किलो जूल पर फाइव के SI को स्टीम टेबल से पढ़ा जा सकता है यह है 7.3705 किलो जूल पर के के m. डॉट दिया गया है यह है 1.5 पॉइंट पर सेकेंड और इसलिए आपको मिलेगा s. डॉट पी आप देखेंगे कि SE बड़ा है SI से ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि यदि यह कम होता तब यह प्रोसेस एक एडेबेटिक ओपन सिस्टम के लिए संभव ही नहीं होता और अब हम आसानी से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमें मिलेगा एस डॉट जो एंट्रोपी प्रोडक्शन रेट है अब इस प्रॉब्लम के पार्ट सी को देखें आपको एसेंट्रॉपिक एफिशेंसी पता करने के लिए कहा गया है हमने इसे पहले से ही एक नोजल के लिए परिभाषित किया था और केवल इसे दोहराते हुए मैं फिर से यहाँ रेखांकित करता हूँ तो आपके पास यहाँ एच एस है आपके पास टू आइसोबार्स हैं यह है आपका इनलेट आइसोबार यह है आपका एग्जिट आइसोबार यह है आपकी इनलेट स्टेट और आप आइसेंट्रॉपिकली यहाँ किसी पॉइंट पर पहुँच गए होते लेकिन उसके बजाय आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच गए हैं यह है ई स्टार आप पहुंचे हैं E पर जो एक हायर एंट्रोपी पर है तो हमें क्या मिलता है हमें इस आइसेंट्रोपिक स्टेट के लिए E स्टार मिलता है si के बराबर। इस SE स्टार का इस्तेमाल करते हुए अब हम पता लगा सकते हैं कि HE स्टार क्या होना चाहिए और आप पाएंगे कि यदि मैं यह करता हूं तो मैं पाता हूं कि 0.1 पॉइंट पर स्टेट अभी भी सुपर हीटेड है यह है मुझे इसे लिखना चाहिए 7.3705 किलो जूल पर केजी के और आपको यह पाएंगे कि यदि आप टेबल्स को देखें जो आपको दी गई हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर 0.1 मेगापास्कल पर s 7.3610 के बराबर है हंड्रेड एंड डिग्री सेल्सियस पर एस 7.3885 है यह दोनों किलो जूल पर के जी के है और हमारी स्टेट 7.37 इनके बीच में निहित है आप पाते हैं कि टेम्परेचर है लगभग 100 और 105 डिग्री सेल्सियस के बीच में यदि आप इसे इंटरपोलेट करें यह आएगा 1.01.73 डिग्री सेल्सियस और अब हम क्या करते हैं हम बस आगे बढ़ते हैं और H के लिए भी इंटरपोलेट करते हैं और हमें वह H ई स्टार मिलता है यह मानते हुए कि एग्जिट एसन था हम H ई स्टार को 100 और 105 डिग्री सेल्सियस के बीच इंटरपोलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं जो है 1.0173 पर और हमें लगभग 2679.36 किलो जूल पर केजी मिलता है तो हम यह मानते हुए ओपन सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ को लागू करते हैं और हमें मिलता है वी बाय और फिर हम क्या करते हैं निश्चय ही हम इसका पता एच प्लस वी आई स्क्वाड बाई टू माइनस एच ई स्टार से लगा सकते हैं और एक बार हमें वीई स्क्वाड बाई टू मिल जाता है नोजल के लिए एफिशिएंसी है। है, वास्तविक वी वी वी बाय बाय बाय अपॉन जो जो और कुछ नहीं बल्कि स्टार ही है, वही जो हमें मिलती, यदि नोजल आइसेंट्रोपिकॉपिकली ऑपरेट करता तो यह वही है जो हमें मिलना चाहिए इस तरह हमें स्क्वाई टू की एक वैल्यू मिलेगी उसे इस्तेमाल करके वह मैक्सिमम वीई स्टार स्क् जो आपको मिला जब नोजल आइसेंट्रॉपिक था वास्तविक वी ई स्क्वायर बाय टू का इस्तेमाल करिए वह आइडियल वी ई स्क्वाय बाई टू से डिवाइड होने पर आपको देगा आइसेंट्रॉपिक एफिशिएंसी। धन्यवाद